दुनिया की सबसे महंगी फिल्म, जो कि 200 करोड़ में बनी है जी हाँ मैं बात कर रही हूँ अवतार द वे ऑफ वॉटर की ये फिल्म रिलीज हो चुकी है इस फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म का कॉन्सेप्ट एक सपने से आया था जेम्स कैमरूम की माँ शर्ली कैमरूम को एक सपना आता है जिसमें वो कुछ नीले लोग देखती है और उन लोगों की लंबाई कम से कम 12 फीट होती है इस सपने के बारे में शर्ली ने, के के ने सबसे ज्यादा कमाई करी थी पर टाइटेनिक की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ा अवतार वन ने अवतार वन के तेरह साल के बाद अब अवतार टू आई जेम्स अपनी फिल्म खुद ही लिखते हैं और खुद ही शूट करते हैं जेम्स की फिल्मों के ग्राफिक्स और एनिमेशन में समय के आगे के प्रयोग किए जाते हैं और यही बात जेम्स की फिल्मों को यूनिक बनाती है ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप दिल्ली